बस मिमिम आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल एनिमल्स एंड एन बर्ड्स ऑफ सेंथ आप देख रहे हैं ये खूबसूरत वीडियो जो कि बकरियों की है बकरियाँ घासा ले रही हैं बहुत ही खूबसूरत नेचुरल एक माहौल सा बना हुआ है और घास खा रही हैं बड़े आराम अहतमराम से बकरियाँ सल में कई किस्म के बकरियों के नस्ल पाए जाते हैं ये उनमें से एक है ये देसी बकरियां इसमें काबिल फ़कर जो है टेंडा है टेंडे बकरियां होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं अला नस्ल की होती हैं ये देसी नस्ल है इनका ये सब दिख रहे हैं आप इसका बच्चा